नमस्ते दोस्तों गुड आफ्टरनून गुण आपको बारह बज रहा है तो मुझे बारह बजे का खाना बनाना है तो मैं आज इसका साग बनाऊंगी जो मैंने इसको तुरी बोलते हैं इसको तुरी का साग बनाऊंगी तो यहाँ पे पूरा जड़ के समीप दे दिया ना जिसको काट के फेंक दे रही हूँ तो जड़ को काट के फेंक दिया मैंने तो इसको धीरे धीरे से साफ करेंगे अच्छा से इसमें तो कीड़ा नहीं रहना चाहिए फिर भी अच्छा से साफ कर लेते हैं तो देखिए है। तो हम इसको खाली इतना इतना देंगे इतना इतना देंगे काटेंगे नहीं काटने से भी होगा आप लोगों को तो मैं कुछ काट ही लेती हूँ महीन हो जाएगा ना तो मैं काटूंगी जल्दी जल्दी मिला के जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा देखिए इधर इतना छोटा छोटा कर लिया मैंने तो काट लेते हैं देखिए यहाँ पर मैंने सारा साग काट लिया है थोड़ा सा बचा है इसको भी काट लेती हूँ अच्छे से मोटा मोटा काटूंगी मोटा मोटा काटूंगी देखिए काट रही छोड़ो ना उसमें यहाँ पर ये तो जैसे भी छोटा ही है तो ये तो ऐसे पक जाएगा यहाँ पर देखिएगा मैं साग अच्छे से धुल लेती हूँ दो पानी से धुलना पड़ेगा एक पानी से तो होगा नहीं तो आपको पता ही है कि मिट्टी बहुत निकलता है साग में तो अच्छा से धुल लेती हूँ मैंने यहाँ पर लहसुन को भी काट लिया है और चार से पांच हरी मिर्ची ले लेंगे काट के काटके चार से पांच मिर्ची ले लेती हूँ कितना मिर्ची हो जाएगा मां रखो मां लाइन यहाँ पर प्याज काट लेती हूँ मत तर उस तो देखिए मैंने यहाँ पर प्याज भी काट लिया है इदर, इदर तो यहाँ पर देखिए तड़के में प्याज काट रही प्याज काट लिया मिर्ची काट लिया लहसुन काट लिया ये तीनों चीज दूंगी तो मैं चला कढ़ाई को गैस चला ग तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था तो तेल और कढ़ाई दोनों गर्म हो चुका है साथ में तो मैं लहसुन दे देती हूँ मिर्ची और प्याज साथ थोड़ा ही सा आया तो इसलिए थोड़ा सा काटा थोड़ी देर में चलने के लिए थोड़ा मसाला रेडी हो रहा है मतलब मसाला रेडी नहीं हो तड़का रेडी हो रहा है तुम बहुत बोल रही हो रखो तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्याज और मिर्ची अच्छे से पक चुका है तो मैं इसमें दे देती हूँ आल साग ये कौन सा साग है हम लोग जो साग बोलते हैं इसको जो पूरी साग तो मुझे नहीं पता कौन सा पीले पीले जो पीला सरसों होता है उसका है, फिले... फिले... है कि लाल सरसों का है तो मुझे नहीं पता काला सरसों हो का होगा शायद मैंने अक्सर देखा है काला सरसों में तो बड़ा पत्ता होता है छोटे पत्ते का है पिछले वीडियो में मैंने राय साग बनाया था वो तो राय का ही है ये सरसों का है गेट तो मैंने यहाँ पर साग चला देती हूँ अच्छा से सेमक दे देते अभी और तो कुछ नहीं देंगे सारा तड़का दे दिया मैंने पर नमक डाल दिया है कहीं ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं होगा थोड़ा सा और डाल लेती हूँ अपने स्वाद अनुसार सब कोई डालता है तो मैंने भी स्वाद अनुसार डाला और इस ढक्के नहीं छोड़ूंगी ऐसे ही छोड़ूंगी पहले भी बोला है ढक्के छोड़ने से साग पीला पड़ जाएगा तो मुझे पीला साग तो पसंद नहीं तो बन के हरा हरा रेडी होगा जैसे हमने काटा है ऐसे ही होगा हरा हरा तब अच्छा से चला के छोड़ देते हैं कढ़ाई भी हिल रहा है तब इसको छोड़ देते हैं हाई में नहीं छोड़ेंगे तो देखिए इसमें बहुत पानी निकल चुका है देखिए पानी से भर गया है जूम करके दिखाया पानी पानी है तब इसका पानी भी पूरा सोस में तब इसको दो तीन बार चलाना पड़ेगा बीच बीच में तो छोड़ देती हूँ गैस कम कर देती हूँ तो साग को पकने के लिए छोड़ दिया है मैंने देख पा रहे होंगे आप अच्छे से यहाँ पर देखिएगा साग जो है अच्छा से पक के रेडी हो चुका है और इसमें पानी नहीं डाला था अपने से पक चुका है सारा अच्छा से तो चलिए भाई और बहनों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और बस्कियर करना अगली वीडियो में मिलेंगे फिर आप सभी